Aaj na jaa, aaj na jaa, aaj na jaa. Chhaye ho toh naa na, chhaye chhode kar, chhaye chhode kar.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 alre <laughs>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 hesh yeah. trend prakashan nahiya yeah. हमारा गोका से बेला है ना अंदर विवाद दे जगता करैया रहेगा काम में वो मन से तने क्षण हमारा बेंदर का नहीं सा हरि मास में मासे ताले निंद सेवा गुरुवर नारा से वरता करैया रहेगा काम में वो मन से कहता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 रास दिखावर रस लेले तासु रे ठावर रे सारा रे ना गोवंद रामा राग दंद बजरंग बलि ओ तलिनो रमा देव दे लाला दुमैया की अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में इस छोड़ विषय पीना क्या हरि नाम